के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस क्वेश्चंस पेपर में आपको 40 क्वेश्चंस स्ट्रेट थ्योरी के मिलेंगे और बीस क्वेश्चन वर्कॉप कैलकुलेशंस के और 20 क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये सारे क्वेश्चंस एम पैटर्न पर हैं मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर दी गई ओ एन सीट पर दर्शाना है अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रेड की रिलेटेड मतलब वेल्डर ट्रेड से 40 क्वेश्चंस हैं टोटल मार्क्स 100। वर्कस ऑफ कैलकुलेशन की 20 क्वेश्चंस हैं टोटल मार्क 50। इंजीनियरिंग ड्राइंग के ट्वेंटी क्वेश्चन टोटल मार्क फिफ्टी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एट्टी और मैक्सिमम मार्क 200 ये तो इस क्वेश्चन पेपर सेट की बात हो गई है इतने क्वेश्चन आपको इस सेट में दिए गए हैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले दिए गए इंटरेक्शन्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें इसके बाद में ही क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें यहां पे मैं ये इंटरेक्शन आपको पढ़कर कर नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंस काफ़ी लंबी हो जाएगी आप इसे पॉज करके रीड करेंगे इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे अब हम सीधे क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेल्ट बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का क्या नाम है रेनफोर्समेंट सीलिंग रन अंडरकट, कट क्रिएटर जो भी ऑप्शन सही होगा आप उसे टिक करेंगे और ओएमआर एम सीट में फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह क्या है चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है विच so नोजल सो इन फिगर रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल ये नोजल्स के कुछ फिगर्स आपको दिख रहे होंगे इसमें आपको बताना है कि ये नोजल्स का रिप्लेसमेंट नोजल कौन सा है नोजल ए नोजल बी नोडल सी नोडल डी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लैम्प का प्रकार कौन सा है आपके सामने फिगर दिख रहा है क्लैंप का बताना है कि किस टाइप का फिगर है सी क्लैम्प यू क्लैम्प स्क्रू कलैंप जी गैन फिक्सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है फेस पिन चीक क्वेश्चन क्स्ट ऑक्सी क्लिन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सी एसिड फ्लेम टू थाउजेंडेड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड 2500 से 2700 27 हंड्रेड सत्ताईस सौ से तीन हजार तीन हजार से बत्तीस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्ट्रेट वी बेल्ट कट बनाने की विधि का क्या नाम है चिन्हित लाइन पर काटना, झुके हुए कोण पर टॉर्च को झुकाना प्लेट पर नोजल हेड को सहायता करना एक गाइड के रूप में दो सीधे बार का उपयोग करना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि एक ही लेबल के दो मेंबर को बेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का क्या नाम कहलाता है लैप जॉइंट, टी जॉइंट, बड जॉइंट, एज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर एट बेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है आयरन ब्रास एलमियम कॉफर एलाय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डबल बेबल बड ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए फोर्टी फाइव थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर टेन बेल्डिंग मशीन में एसी और डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर सेट मोटर जनरेटर सेट इंजन जनरेटर सेट फेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि ग्यारह है नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है स्ट्रेट पोल्टी रिवर्स पोलर्टी एसी ट्रांसफार्मर एक्टिफायर सेट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बेल्ट करने के लिए सबसे आसान स्थिति कौन सी है फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड हॉरियंटल क्वेश्चन नंबर थर्टीन किस आर की लंबाई कलक ध्वनि उत्पन्न करती है लॉन्ग आर्क लेंथ शॉर्ट आर्क लेंथ आर्क लेंथ टू लॉन्ग आर्क लेंथ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिक्स एम mm एम मोटी पाइप बेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेबल कू क्या होना चाहिए थर्टी से थर्टी फाइव फोर्टी से फोर्टी फाइव सिक्सटी से सिक्सटी फाइव सेवेंटी से सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्टीन सी फिलर रॉड का कौन सा आकार एट एम मोटी बेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है थ्री पॉइंट फाइव वन वन फाइव फोर पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट थ्री एम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड छः दो के अधीन किया जाता है ब्रास कॉफर माइल्ड स्टील स्टेनलेस स्टील क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेवनटीन बॉल की मोटाई सिक्स एम के साथ एक पाइप को गैस बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है सिंगल वेब सिंगल बेबल स्क्वायर एज विद रूट गैप स्क्वायर एज विदाउट रूट गैप क्वेश्चन नंबर एटीन एक खारिज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है रेड इंड डेड इंड स्ट इंड वेस्ट इंड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है लेगलेंथ फ्यूजन जोन पेनीट्रेशन हीट इफेक्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए कर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या है पिनिंग एनलिंग हीट ट्रीटमेंट स्ट्रेटनिंग क्वेश्चन नंबर 21 स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी डी क्या कहलाती है विजुअल इन्फेक्शन प्रेशर टेस्ट स्टेथोस्कोपिक टेस्ट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट क्वेश्चन नंबर 27। सेवन NDT के दृस्त निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं टू स्टेज थ्री स्टेज फोर स्टेज फाइव स्टेज क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट नॉन डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट सेमी डिस्क्रक्टिव टेस्ट विजुअल इन्फेक्शन टेस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर जी वेल्डिंग में ग्रुप बेल्ट द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं बट जॉइंट, टी बेल्ट कॉर्नर जॉइंट बेल्ट लैप वेल्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सब मर्ज आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है वायर फीडर आटो टॉर्च फ्लेक्स होपर इलेक्ट्रोड लीड क्वेश्चन नंबर 26। सिक्स जी मैक वायर फीड यूनिट में भाग एक्स का क्या नाम है गियर बॉक्स वायर फीड रोलर सेंटर बाइट आइडलर गियर क्वेश्चन नंबर 27। ओवरहेड क्रेन फ्रेम के बेल्डिंग जॉइंट की, की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं एप्रॉन एप हेलमेट हैंड ग्लब्स हैंड स्क्रीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फिलर वायर को जी मैक वेल्डिंग प्रक्रिया में कैसे फिट किया जाता है मैनुअली नो फिलिंग ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन टिग बिल्डिंग में कुछ गलनांग का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है कार्बन इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड टंगस्टन इलेक्ट्रोड एलमुनियम इलेक्ट्रोड क्वेश्चन नंबर थर्टी लेजर बीम बेल्डिंग में किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है आयरन रूबी कॉपर स्टेनलेस स्टील क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्टी फ्रिक्शन फ्रिक्सन बेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं सिमिलर मेटल डी मेटल नॉन मेटल ग्रुप एनी मेटल फ्लैट टाइप क्वेश्चन नंबर 32 किस बेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी उस्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है सीम बेल्डिंग फ्रिक्शन बेल्डिंग फ्लैश बट बेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग क्वेश्चन नंबर 33 थ्री बेल्ड में बेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है आर्क बिल्डिंग सेम बिल्डिंग स्पॉट बिल्डिंग परफ्यूजन बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर स्पॉट बिल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोट इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है दोनों घूमते हैं दोनों नहीं घूमते हैं ऊपरी इलेक्ट्रोड, निचला इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव What material is used to make electrode in spot welding? Iron electrode, copper alloy electrode, silicon electrode, cast iron electrode. Question number thirty-six. Which process is used to cut stainless steel metal? Plasma arc cutting process, micro plasma cutting process, keyhole plasma process, plasma cutting. क्वेश्चन नंबर 37। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कड़ों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी मेटल पाउडर कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, थर्मल स्प्रें क्वेश्चन नंबर 38। प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और मिस्र स्टील धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या होगा पी P1 वन से पी एलेवन पी ट्वेंटी वन से पी थर्टी पी थर्टी वन से पी थर्टी सिक्स पी फोर्टी थ्री से पी फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का क्या उद्देश्य होता है इन इसके आयामों को बदलने के लिए इसके आकार को गुणों को कम करने के लिए उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए और जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए चमक पाने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वाट सुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल विल बिल्डिंग अपन आउट सॉफ्ट बॉर्न आउट सॉफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड कोण क्या होना चाहिए 30 से 40 डिग्री 50 से 60 सेवेंटी टू एट्टी नाइन्टी टू वन हंड्रेड टेन वॉट यहाँ पे आपके फोर्टी क्वेश्चन स्टेट थ्योरी के कम्प्लीट हुए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी वन टू सिक्सटी जो कि वर्ड्स और कैलकुलेशन के हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी और फोर्टी वन वॉट आर फंडामेंटल यूनिट लंबाई द्रव्यमान, आयतन लंबाई द्रव्यमान, समय लंबाई द्रव्यमान, क्षेत्रफल लंबाई दाब, आयतन इनमें से मूलभूत इकाइयां आपको इसमें छाटनी है जो ऑप्शन आपको राइट लगे उसे टिक क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव का गुण क्या होगा आपको इसे सॉल्व करना है और इन ऑप्शंस में जो आपको राइट लगे उसे टिक करें क्वेश्चन नंबर 44, अनुपात की परिभाषा क्या होती है एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध दो अनुपातों के बीच समानता दो अनुपातों के बीच असमानता क्वेश्चन नंबर 45। यदि 180 mm और वाला गियर 60 mm सिक्सटी वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 rpm से घूमता है, तो छोटे गियर का rpm क्या होगा? 120, 140, 160, 180? आपको इसे सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको राइट right लगेगा ऑप्शंस आपको टिक करना है क्वेश्चन नंबर 46 धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोजदार विरूपण के लिए प्रतिरोप प्रदान करता है टेक्टिली मैलिबिलिटी, हार्डनेस टफनेस क्वेश्चन नंबर 47 किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है सिलिकॉन स्टील मैग्नीज स्टील इनवर स्टील वेनिडियम स्टील क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट किसी पदार्थ के द्रमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं द्रमान भार घन आयतन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं स्पीड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पानी की विशिष्ट उषमा का क्या मान होता है फोर थ्री टू वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन फॉरन हाइट स्केल में पानी का बॉयलिंग पॉइंट मतलब कोतना कितना होता है टू हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड एट्टी वन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड डिग्री फॉरन हाइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि फिफ्टी टू है माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड को स्केल में चेंज करना है चेंज करने पे जो ऑप्शन आपको लगेगा सही उसे टिक करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इज़ द यूनिट ऑफ करंट धारा की कह क्या होती है एम्पियर ओल्ड ओम वाट। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर वी चीज वेरी गुड कंडक्टर? कौन सा बहुत अच्छा कंडेक्टर है कॉफर कास्ट एरन रॉड एन स्टील क्वेश्चन नंबर फिफ्टी यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 सौ बोल्ट और 500 वाट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा 94.8, 95.8, 96.8, 97.8। क्वेश्चन नंबर 56। एक वर्ग की पूजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 छः mm स्क्वायर है आपको इसे सॉल्व करना है जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे टिक करिए क्वेश्चन नंबर 57, उस विषम भुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 एम mm, 20 बीस एम एम व अट्ठाईस एम है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, एट वीर एव का वेग अनुपात क्या होगा यदि वीर एव एम की त्रिज्या क्रमशः 375 सौ पचहत्तर व पचहत्तर एम है इसे सॉल्व करिए चॉइस करिए। क्वेश्चन नंबर 59, फर्स्ट ऑर्डर लेबर के लिए कौन सा उदाहरण है? एक व्हील बोरो, सीजर्स का एक फायर लाइन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 60, यहां पे ये कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन थीटा का मान क्या होता है यदि थीटा की इस तरह थे यहाँ पे क्वेश्चन ट्वेंटी जो कि वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशंस के थे फोर्टी वन टू सिक्सटी कंप्लीट हुए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन टू एटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन आरेखन उपकरणों का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है गणित वास्तुकला सर्वेक्षण ये सभी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जाता है चांदा पैमाना सेडी स्क्वायर फ्रेंच क्वेश्चन नंबर 63 एसआई विशिष्टता के अनुसार चार विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र मतलब ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध होते हैं रेखाचित्र पट का कौन सा आकार डी के द्वारा निर्देश किया जाता है यहां पे ये ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछ रहा है जो करेक्ट होता है यहाँ पे चार साइज दिए गए हैं जो आपको सही लगे या उचित लगे आप दिए गए ओ एम सीट में टिक करें या ओ एम आर सीट पर फिल करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर एस आई के अनुसार चार प्रकार के आकार टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं टी स्क्वायर का कौन सा आकार टी थ्री द्वारा वि निर्देशित किया जाता है 1500, हंड्रेड वन थाउजेंड सेवन क्वेश्चन नंबर 65। सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त करते हैं एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए कोण ए का मान क्या होगा 135, 180, 45, 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें प्रयुक्त उपयुक्त प्रकार की पेंसिलों का विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है अनचांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार कौन सा है एच बी एच थ्री एच क्वेश्चन नंबर 67। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें से विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त प्रकार कौन सा है चयन कीजिए 2H 2H, और और और H, H, H HB 8H और 9H। क्वेश्चन नंबर 68। उस उपकरण का चयन कीजिए जिसे छोटे एक समान वृत्त बनाने में प्रयुक्त करते हैं छोटी कंपास, बड़ी कंपास, डिवाइडर इंकिंग पिन क्वेश्चन नंबर 69। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों के चिन्हन व विभाजन में उपयुक्त करते हैं छोटी कंपास बड़ी कंपास डिवाइडर इंकिंग पेन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर प्रकार की होती है एच 2H, 3H, 9H। क्वेश्चन नंबर 71। वन अभियांत्रिकी रेखा में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम मतलब सॉफ्ट ग्रेड की होती है 9H, HB, B, 7B। क्वेश्चन नंबर 72। अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिलें उपलब्ध होती हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार का उस विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल लेनी होगी 2 और 3H, HB, H और 2H, 8H और 9H। क्वेश्चन नंबर 73 रेखाचित्र पन्नों के आकार संकेतों के द्वारा भी निर्देशित किए जाते हैं जैसे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव कौन सा आकार रेखाचित्र पन्नों में सबसे बड़े आकार को प्रदर्शित करता है ए जीरो ए वन ए फोर ए फाइव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर एस विशिष्टता के अनुसार छः विभिन्न प्रकार के कटे हुए पन्ने उपलब्ध होते हैं किस कटे पन्ने को ए साइज के नाम से जाना जाता है यहाँ पे चार पेपर साइज दिए गए हैं यहाँ पे ए पेपर साइज का यहाँ पे पूछा गया है किस में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव ड्राइंग सीट का मानक साइज क्या होता है ये पूछ बोल रहा है ड्राइंग सीट का साइज क्या होता है इन चार ऑप्शन में आपको जो सही लगे आप करिए। क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स ड्राइंग सीट को काटने पर उसकी सीमाएं कैसी प्राप्त होती हैं अनियमित चौरस ए वी दोनों इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एक समतल अभियांत्रिकी पैमाना पढ़ सकता है एक बीमा दो बीमा तीन बीमा चार बीमा क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट एक आरेख में शीर्षक ब्लॉक इनमें से कहाँ बनाया जाता है दाहिने कोने में पाए कोने में बीच में नीचे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन पतले व पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर का उपयोग इनमें से जिसमें किया जाता है ड्राइंग की नकल बनाने में अमोनिया प्रिंट बनाने में ए व बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 80, जो कि इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड में के प्रयोग में इनमें से क्या सुरक्षा सावधानी रखनी चाहिए ड्राइंग बोर्ड फटा ना हो ड्राइंग बोर्ड गंदा ना हो ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं इसी के साथ में ये 80 क्वेश्चन इस सेट पेपर के कंप्लीट हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर इस तरीके के आपको क्वेश्चन सेट पेपर और भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कमेंट्स करें मैं आपको और भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो